जयराम जी के साहब मैं नील जी है हमारे साथ बता रहे हैं बोलने का जी है और स्क्रिप्ट तो नहीं है बहुत ही स्क्रिप्ट है अगर कभी आपने कॉमेडी बनाई तो वो नाम कैसा देखते रहे आप